है चतुर बुढ़िया की। एक समय की बात है कि राजा भोज और पंडित सैर करने गए। लौटते समय वे रास्ता भूल गए तब दोनों विचार करने लगे। रास्ता भूल गए अब किससे पूछें? तब माघ पंडित ने निवेदन किया पास ही एक बुढ़िया गेहूं के खेत की रखवाली करती है उससे पूछें। राजा भोज ने कहा हाँ ठीक है चलो दोनों बुढ़िया के पास गए और कहा राम राम बुढ़िया बोली भाई आओ राम राम तब बोले यह रास्ता कहाँ जाएगा बुढ़िया ने उत्तर दिया यह रास्ता तो यहीं रहेगा इसके ऊपर चलने वाले ही जाएंगे भाई तुम कौन हो बहन हम तो पथिक है राजा भोज बोला बुढ़िया बोली पथिक तो दो है एक तो सूरज दूसरा चंद्रमा तुम कौन से पथिक हो भाई सच बताओ तुम कौन हो बहन हम तो पाहुने हैं है पंडित बोला पाहुने दो है एक तो धन दूसरा यौवन भाई सच बोलो तुम कौन हो भोज बोला हम तो राजा है राजा दो है एक इंद्र दूसरा यमराज तुम कौन से राजा हो गुड़िया बोली बहन हम तो क्षमतावान हैं माघ बोला समतावान दो है एक पृथ्वी और दूसरी स्त्री भाई तुम कौन हो बुढ़िया बोली हम तो साधु है राजा भोज कहने लगा साधु तो दो है एक तो शनि और दूसरा संतोष भाई तुम कौन हो बुढ़िया बोली बहन हम तो परदेसी है दोनों बोले परदेशी तो दो है एक जीव और दूसरा पेड़ का पात भाई तुम कौन हो बुढ़िया बोली हम तो गरीब है मां पंडित बोला गरीब तो दो है एक तो बकरी का जाया बकरा और दूसरी लड़की बुढ़िया बोली बहन तो चतुर है मां पंडित बोला चतुर तो दो है एक अन्न और दूसरा पानी तुम कौन हो सच बताओ इस पर दोनों बोले हम कुछ भी नहीं जानते जानकार तो तुम हो तब बुढ़िया बोली तुम राजा भोज हो और ये पंडित माघ है जाओ यही उज्जैन का रास्ता है